तो हाय मित्रों आप सभी को नमस्कार इस वीडियो में आपको बताएंगे कि संबल कार्ड कैसे बनाएं इस वीडियो में ये चर्चा करें वीडियो अच्छी लगती तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियो अपने चैनल पर हर दम अपलोड करते रहते हैं तो आज के ही दिन अट्ठारह पाँच बाईस को संबल कार्ड बनना स्टार्ट हो गया चालू हो गया है तो इस वीडियो में पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे कैसे आपको आवेदन करना कैसे आपको संबल कार्ड बनवाना है तो सबसे पहले राइट हेड में देखिए पंजीयन हेतु आवेदन करके क्लिक करेंगे यहाँ पर दिया गया आपको ऑप्शन देखते जाइएगा उसके बाद स्टेप बाय स्टेप देखते जाएगा उसके बाद देखिए कुछ हमारा इस तरह के इंटरफेस ओपन हो जाएगा तो जैसा कि अभी ओपन हो रहा है आ, सर्चिंग में टाइम लग रहा है क्योंकि आज ही स्टार्ट हुआ है तो थोड़ी आ, टाइम लगेगा फिर धीरे धीरे रन करेगा उसके बाद देखिए यहाँ पे अपनी समग्र आईडी जिसका भी आप बना रहे हैं स्वयं का बना रहे हैं तो यहाँ पर अपनी आई डालेंगे जो भी आपकी समग्र आई होगी जैसे मैं अपना डाल दे रहा हूँ तो आप देखते जाइएगा उसके बाद यहाँ पे अपनी परिवार आईडी देखिए यहाँ पे डालना है तो परिवार आईडी डी अपनी डाल लेंगे जो भी आपकी परिवार आईडी होगी वो भी आप डाल दीजिएगा उसके बाद यहाँ पे कैप्चर दिया गया है वो कैप्चर यहाँ पे डालेंगे तो ये मैं कैप्चर डाल दिया उसके समग्र खोजे पर क्लिक कर देंगे उसके बाद देखिए कुछ हमारा इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा आप देखते जाइए स्टेप बाई स्टेप जब भी ये देखिए उसके बाद देखिए कुछ हमारा इस तरह की इंटरफेस पूरा हमारी आधार आईडी आ जाएगी समग्र आईडी आ जाएगी श्रमिक का नाम आ जाएगा फ़ोटो आ जाएगा सभी ये पूरी जानकारी आ जाएगी ऑटोमेटिक उसके बाद श्रमिक का प्रकार लिखना है जो भी आप जो भी श्रम करते हैं उसका प्रकार लिखना है असंगठित श्रमिक तेंदु पत्ता संग्राह मुक्ति घुमककर अर्ध तो असंगठित श्रमिक लिख देंगे जो भी आप लिखना चाहते वो अपना प्रकार लिखिए उस पर अपनी शिक्षा लिख दीजिए तो आ, मैं अपनी शिक्षा लिखे दे रहा हूँ उसके बाद नियोजन का व्यवसाय लिखेंगे क्या व्यवसाय आप करते हैं कृषि में नियोजन जिसमें सम्मिलित उद्यान की एवं कृषि प्रकरण प्रसंस्करण दुग्ध उद्योग डेयरी मछली पालन वान नियोजन जिसमें सम्मिलित रेशम उद्योग लेटराइट गोलाम्स में उसके बाद पत्थर तोड़ने का काम पक्की ईंट का पक्की ईंट संबंधित काम किसी बाजार या दुकान डिपो कारखाना भंडार गोदाम याद में काम करना सार्वजनिक परिवहन यानों मेल की लदाई उससे माल की उतराई से संबंधित गोदाम में खाद्यान्न लदाई हथकरधा कपड़ा पिरंजित करना सिलाई में नियोजन सुगंधित उसके बाद कढ़ाई 11 17 ऑप्शन टोटल आपको दिए गए हैं इसमें से जो भी आप इसका काम